नमस्कार स्वागत अभिनंदन दिनांक 5 अक्टूबर के दैनिक राशिफल में दर्शकों प्रस्तुत राशिफल हमारा चंद्र राशि पर आधारित है चंद्रमा के गोचर के आधार पर आधारित है तमाम हमारे दर्शक मनीषी लोग पूछते हैं कि राशिफल किस पर आधारित है तो चंद्रमा के गोचर पर आधारित है दर्शकों आज का पंचांग क्या कहता है चूँकि शनिवार दिन रहेगा तो पंचांग के बारे में हम आपको जानकारी देंगे पंचांग पाँच अंगों से मिल करके बना होता है ये पाँच अंग है तिथि वार नक्षत्र योग करण वार रहेगा शनिवार पाँच अक्टूबर विक्रम संबत्त 2076 जो है और शक संबत्त उन्नीस सौ नामक संबत्सर चल रहा है सूर्योदय होगा प्रातः छः बजकर चार मिनट पर सूर्यास्त होगा शाम को पाँच बजकर पैंतालीस मिनट पर दर्शकों तिथि जो रहेगी शुक्ल पक्ष की यह रहेगी सप्तमी तिथि सुबह नौ बजकर इक्यावन मिनट तक की इसके उपरांत अष्टमी तिथि लग जाएगी सप्तमी तिथि को हमने आपको बताया था कि ताड़ का फल एवं सप्तमी को होता है आंवला नहीं खाना चाहिए अष्टमी तिथि को क्या है तो अष्टमी तिथि को नारियल का सेवन नहीं करना करना चाहिए शास्त्रों में मनाही है नक्षत्र जो रहेगा ये रहेगा मूल नक्षत्र इसके उपरांत पूर्वा साढ़ा नक्षत्र रहेगा करण रहेगा बड़ी इसके उपरांत विष्टि और अंतिम करण जो रहेगा ये व कर रहेगा योग रहेगा शोभन इसके उपरांत अतिगंड योग रहेगा दर्शकों दिशा की बात करें शनिवार दिन रहेगा पूर्व दिशा की ओर यात्राएँ नहीं करनी चाहिए यदि किसी कारणवश आपको यात्रा करनी पड़ जाए तो कोशिश कीजिएगा कि अदरक का सेवन कर लीजिएगा या अदरक वाली चाय पी लीजिएगा तब आप लोग जाइएगा और पहले पूर्व दिशा की ओर ना जा करके पश्चिम की ओर चार पथ चलिएगा तब आपको पूर्व की ओर जाना रहेगा दर्शकों राहुकाल की ओर चलते हैं राहु काल एक ऐसा काल एक ऐसा समय कि दौरान आप लोगों को शुभ कार्यों को नहीं करना है तो शनिवार का जो राहु काल रहेगा सुबह आठ बजकर उनसठ मिनट से दस बजकर सत्ताईस मिनट तक का राहु काल रहेगा और यदि आपको शुभ कार्यों को करना है दर्शकों तो कोशिश कीजिएगा कि आज दोपहर एक, एक मिनट से दो मिनट के बीच शुभ कार्यों को कर सकते हैं चंद्र देव जो चलायमान रहेंगे चंद्रमा का गोचर रहेगा राशि में सूर्य देव कन्या राशि में चलायमान है तो दर्शकों ये तो था हमारा पंचांग जो कि पांच अंगों से मिलकर के जो है बनता है अब बढ़ते हैं हम अपने राशिफल पर कि हमारा राशिफल मे से लेकर के मीन राशि के लिए क्या लेकर के ले आया है लेकिन आगे बढ़े दर्शकों अट्ठारह और उन्नीस अक्टूबर को दिल्ली आगमन हो रहा है तो जो हमारे दर्शक दिल्ली से हैं आप लोग हमसे मिलकर के अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं पर्सनली और यदि नहीं मिल सकते हैं तो आप लोग टेलीफोन के माध्यम से भी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं दीपावली से रिलेटेड धनतेरस से रिलेटेड सारे प्रयोग हमने अपने चैनल पर महीना का जो राशिफल आता है अक्टूबर माह का जो राशिफल है इसी में हमने डाला हुआ है आप लोग अक्टूबर माह का राशिफल भी देख सकते हैं वार्षिक राशिफल दो भी हमारे चैनल पर उपलब्ध है आप लोग जा के देख सकते हैं मेष राशि के जात क्या कुछ लेकर के आया है आज का दिन तो आज आपके करियर में तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे आपके जीवन में खुशियों का इजाफा होगा हर जगह आज आपकी प्रसन्नता होगी आज आपके प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी मां दुर्गा की कृपा से आज आपका कोई कार्य रुकेगा नहीं आज किसी काम में माता पिता की सलाह लेना आपके लिए फ़ायदेमंद सिद्ध होगा घर के किसी काम से की गई यात्राएँ आज फायदेमंद रहेगी खास करके जो मेष राशि के जातक हैं कंप्यूटर से रिलेटेड कार्य करते हैं और बिजनेस करते हैं व्यापार करते हैं मोबाइल फोन हो गया कंप्यूटर हो गया उनके लिए आज का दिन बहुत अच्छा रहने वाला है आपको अपने काम में आज सफलता मिलेगी घर पर धार्मिक आयोजन की रूपरेखा निर्मित होगी करना क्या रहेगा उपाय क्या करना रहेगा तो आज सिंपल सा सीधा सा उपाय है कि प्रातःकाल जल्दी उठिए पीपल के वृक्ष पर आपको जल अर्पण करना है और दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय का आपको पाठ करना रहेगा आपके लिए शुभ कलर रहेगा ये रहेगा वाइट आपके लिए शुभ अंक रहेगा ये रहेगा नौ और शुभ दिशा आपके लिए रहेगी ये रहेगी दक्षिण तो ये तो था हमारा राशिफल कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताइए नए हैं तो सब्सक्राइब करिए बगल में बेल आइकन दबाइए फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे इस पेज को लाइक कीजिए इस वीडियो को जमकर शेयर करिए और दर्शकों यदि अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे दिल्ली में मिलकर के 18, 19 अक्टूबर को करवाना चाहते हैं तो आप लोगों का स्वागत है दीजिए इजाजत मिलते हैं नए वीडियो में तब तक के लिए जय महालक्ष्मी